तो oh गाइस आज फाइनली हमारे रॉक एफएफ का फेस हो गया है गलती से आज थोड़ी देर पहले जैस भाई ने मतलब ना उन्होंने एक वीडियो डाला था मतलब थाईलैंड सर्वर में जाकर रॉक एफएफ के अकाउंट का कलेक्शन दिखाया था हम लोगों को और गलती से उन्होंने फेसबुक के पेज में चले गए और वहां पे हमें रॉक एफ, एफ का फेस रिविल हो गया है वहा पे तो गायस देख लो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ ठीक से प्यारे पर अरे गाइश थोड़ा अभी स्लोमो में देख लो इस अगर आपको उस वीडियो को फुल्ली देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो जाके देख लो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और पता है ना सबको अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो सबको बता दो ए रॉक कैफे फे और गाइस जिसने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी जाकर नीचे वाला रेड है ना हो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब कर लो